समाजवादी पार्टी प्रमुख और लोकसभा सांसद मुलायम सिंह का निधन हो गया है बयासी साल के मुलायम सिंह यादव ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली अगर आप ये समझना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति के दलदल के बीच रहकर इससे कैसे बचा जाए तो आप मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक सफर से देखकर सफर को देख कर या नजर डालकर सीख सकते हैं मुलायम सिंह यादव सिर्फ एक नेता नहीं थे बल्कि राजनीति में कदम रखने से पहले एक पहलवान और शिक्षक भी थे यहाँ हम उनके राजनीतिक जीवन की प्रमुख बड़ी और चर्चित घटनाओं के बारे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ आज के वीडियो में तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में सारी जानकारी आ सके मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर उन्नीस को वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था मुलायम के माता पिता मूर्ति देवी और सुघर सिंह यादव एक सामान्य किसान थे मुलायम अपने शुरुआती जीवन में एक पहलवान बनना चाहते थे मुलायम सिंह यादव ने उन्नीस में जसवंत नगर से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के विधायक के रूप में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था हालांकि ऐसा माना जाता है कि मुलायम सिंह ने कुश्ती भले ही छोड़ दी थी लेकिन वे अपने उस कौशल और दांव पेच का इस्तेमाल अपने राजनीतिक करियर में हमेशा करते रहे कहा जाता है कि मुलायम सिंह की कुश्ती में पसंदीदा दांव चरखा दांव था इसका इस्तेमाल वे राजनीति में भी अपने प्रतिद्वंदी को मात देने के लिए किया करते थे मुलायम ने के कॉलेज इटावा एके कॉलेज सिकोहाबाद और बीआर कॉलेज आगरा विश्वविद्यालय जैसे अलग अलग कॉलेजों से बीए, बीटी और एमए की डिग्री हासिल की थी मुलायम सिंह यादव राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से प्रेरित थे जो 1970 के दशक में दलितों का चेहरा बने थे आपातकाल के दौरान मुलायम ने 19 महीने जेल में बिताए थे उन्नीस में जब जनता दल पहली गैर कांग्रेसी सरकार के रूप में सरकार में आई तब मुलायम राज्य मंत्री बनी थी यह मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक जीवन का एक बहुत बड़ा क्षण था और इसने उनके राजनीतिक जीवन को बदल कर रख दिया था राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने सहकारी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया इसने उन्हें इसने उन्हें पिछड़ी जाति समुदायों का मसीहा बना दिया उन्होंने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया उन्नीस के उस साल मुलायम के सीएम बनने की घटना नाटकीय भी थी क्योंकि जनता दल की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार पश्चिम यूपी के बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह थे पार्टी की राय थी कि मुलायम सिंह को चुनाव के बाद डिप्टी सीएम बनाया जाएगा हालांकि चुनाव के बाद मुलायम ने सीएम पद पर दावा कर दिया था और आंतरिक उठापटक के एक बड़े दौर के बाद मुलायम सिंह यादव गुप्त मतदान की व्यवस्था से यूपी के सीएम बन गए विधानसभा से विधानसभा के सेंट्रल हॉल में अजीत सिंह खेमे के 11 विधायकों को तोड़कर मुलायम सिंह ने पांच अधिक सदस्यों के समर्थन के साथ बहुमत प्राप्त कर लिया था इसके बाद मुलायम सिंह ने 5 दिसंबर उन्नीस को पहली बार यूपी के सीएम के रूप में शपथ ली थी सत्तावन सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बाहर से समर्थन दिया यही नहीं कुछ महीने बाद उन्नीस में जब बिहार विधानसभा में लालू की पार्टी जनता दल को जब 122 सौ विधायकों के साथ बहुमत की जरूरत पड़ी तो बीजेपी ने उनतालीस विधायकों के साथ उसका भी समर्थन किया था मुलायम सिंह की सरकार से बीजेपी का तालमेल कैसा था इससे इसे ऐसा समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही जनता दल की केंद्र और बिहार सरकार से समर्थन वापस लिया हो लेकिन मुलायम की सरकार से कोई खिलाफत नहीं की थी बिहार में बीजेपी का मोह लालू से उस समय दिन, उस दिन टूट गया था जब लालू ने राम रथ यात्रा के चरम हिंदुत्व वाले दौर में 23 सितंबर 1990 को बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लाल कृष्ण आडवाड़ी को गिरफ्तार करा दिया था इसके बाद बीजेपी ने बिहार और केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था हालांकि इसी जनता दल के नेता मुलायम सिंह यादव बीजेपी के साथ ही सत्ता में बने रहे थे हालांकि इस दौरान ही अयोध्या में तीस अक्टूबर उन्नीस को कार सेवकों पर गोली चली और मुलायम सिंह यादव पर मुस्लिमों के तुष्टिकरण चेहरे के रूप में नाम सामने आया 1991 में इसी के असर ने मुलायम को चुनाव में हरवा दिया और कल्याण सिंह की यूपी में सरकार बनी और कल्याण सिंह सीएम बने मुलायम मुलायम सिंह यादव अपने राजनीतिक जीवन में 10 बार विधायक चुने गए और सात बार सांसद भी रहे वे तीन बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने उन्नीस से उन्नीस के दौर में देश के रक्षा मंत्री रहे थे उन्नीस में मुलायम पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने थे इस दौरान जब अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ तो कार सेवकों पर उन्होंने साल उन्नीस में गोली चलाने का आदेश दिया था इसमें एक दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था हालांकि मुलायम का ये कहना था कि फैसला लेना उनके लिए बहुत कठिन था डेट टू डेट यानी कि सन के हिसाब से वर्ष के हिसाब से देखते हैं कि इन्होंने कब कौन सी अपनी उपलब्धि हासिल की उन्नीस उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के सैफई गांव में जन्म हुआ 1967 सौ राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रवेश किया उन्नीस सौ चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल में शामिल हुए इस पार्टी का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी में विलय हो गया और भारतीय का गठन हुआ। आपातकाल बयासी से 77 के बाद भारतीय का जन, जनता दल में हो गया। 1977 में में पहली बार मंत्री बने, 1982 से 1985 विधानसभा परिषद के सदस्य रहे और परिषद में विपक्ष के नेता बने उन्नीस से उन्नीस पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया उन्नीस से 1995 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 1996 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा रक्षा मंत्री बने 1998 में संभल 1998 में संभल से फिर से लोकसभा सदस्य बने 1999 सौ में संभल से फिर से सांसद चुने गए 2003 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने पत्नी मालती देवी का निधन हुआ इसी साल। साधना से, में. में से सांसद चुने गए दो हजार सात में उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता बने दो हजार नौ दो हजार चौदह और दो हजार उन्नीस में सांसद बने और दस अक्टूबर दो हजार बाईस को इनका निधन हो गया ये मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़ी हर वो चीज़ थी जो जानकारी के लायक थी आपको बताना बेहद जरूरी था इसलिए हमने ये जानकारी आप तक पहुंचाई ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के जरिए बताना बिल्कुल ना भूलें एक चीज और कहना चाहूँगा कि अब अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें कल फिर मुलाकात होती है एक नए वीडियो के साथ शाम के साढ़े सात बजे तब तक के लिए स्वस्थ रहें मस्त रहें और देखते रहें हमारा YouTube चैनल स्ट्रांग भारत मजबूत भारत थैंक यू